में एक चीज याद रखो कि कभी भी किसी टास्क में खुद से हार, मत वक्त और मैं हार जाते हो फिर इसके बाद जितने भी टास्क आएंगे सब में आप हारोगे क्योंकि आपके दिमाग में यह बैठ चुका है कि मैं पहले में हार चुका हूँ तो दूसरे में हारूंगा तीसरे में भी हारूंगा इस तरह से आप फेलियर हो जाते हो फ्रेंड्स आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग करोड़पति हैं अरापति हैं जो बढ़िया लग्जरी गाड़ी से चलते हैं फ्रेंड्स उनकी भी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे टास्क आए हैं जिनको उन्होंने फेलियर का सामना किया लेकिन उन्होंने अपने आप को खुद को पॉजिटिव रखा है और उन्होंने एक चीज़ हमेशा याद रखी है कि आज मैं हारा हूँ लेकिन मैं कल ज़रूर जीतूँगा और यही चीज़ उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा अंडा बना है सबसे बड़ा रोल बना है क्या है आज हम देखते हैं खुद को यार मेरे अच्छे कपड़े नहीं ना मेरे अच्छे जूते नहीं ना मेरी अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं ना और हम देखते हैं लोग बड़ी लग्जरी गाड़ी में अच्छे कपड़े पहनते हैं ब्रांडेड अच्छे जूते पहनते हैं एक समय उनके साथ भी ऐसा था कि वो भी उनके पैर में भी एक टूटी चप्पल थी और शरीर पर भी एक कपड़ा था लेकिन उनके सपने बड़े थे हंस में बुलंद थे और जिंदगी में कुछ नया कर दिखाने की चाहत थी यही चाहत और यही उनकी लगन आज उनको एक लग्जरी गाड़ी तक पहुँचा दिया तो फ्रेंड्स इस दुनिया में कुछ भी पाना इम्पोसिबल नहीं ना बस इम्पोसिबल तब हो जाता है जब हम खुद से हार मान लेते मैं कहता हूँ आप हार मत मान कितनी बार आप एक बार दो बार दस बार एक बार तो कम से कम ऊपर वाले को भी तरह कि ये ये बंदा पीछे न हट रहा मुझे इसे सक्सेस बनाना है फ्रेंड्स आज जो करोड़पति है ना उनके दिमाग में यही एक सिग्मा रोल बैठा था तभी वो बने हैं आपको ये लगता है की मैं कभी करोड़पति नहीं बन सकता मैला सोचते हूँ आप ये सोचने लगोगे कि मैं इन करोड़ का बनूंगा तो फिर कैसे बनूंगा इसके आइडिया भी आएंगे इसके लिए उस अचीवमेंट को पाने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आएंगी लेकिन जब आप सोचोगे तब आएंगे जब एक हौसला बुलंद करोगे तब आएंगे और दूसरी चीज कि अपने गोल को पाने के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचो और हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारा उस गोल तक पहुँचाने में सपोर्ट करे जो तुम्हें नेगेटिव देते थाते उनको तुरंत उसी वक्त माई पे छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ जिंदगी में कामयाब होना है तो खुद को पॉजिटिव और खुद के अंदर पैशंस रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको क्या लगता है बीस बाईस साल में अगर आप कुछ नहीं कर रहे कुछ पैसा नहीं कमा रहे तो आपके दिमाग में चलने लगता है कि शायद मैं पूरी तरीके से फेलियर हो चुका हूँ मेरी लाइफ बर्बाद हो तो चुकी हूँ क्या तो क्या अगर तुम दस हज़ार की जॉब हो फ्रेंड्स तो जिंदगी तो बहुत तो तो बड़ी बहुत बड़ी जिंदगी है अगर आप बाईस साल तेईस साल की लाइफ में फेलियर हो तो कोई नहीं हो। आप, आप नॉलेज लो और जिस फील्ड में उतरो उस का नॉलेज कहाँ से लेना है ये चीजें हमेशा ध्यान पे रखो उनकी बुक्स पढ़ो जो सीनियर उस फील्ड के मिले उनसे ज्ञान लो बस यही सक्सेस का फंडा है यही चीजें आपको कामयाब बनाती अच्छा तो प्लीज लाइक कर देना दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले थैंक यू सो मच